इधर तो बंदे की आवाज़ आ रही थी अच्छा ये, ये तो रहा सामने ये देखा चलो रह हमारे तिल की शुरुआत हो चुकी है हमारे गेम तो देखते की बंदा चलो पहले मार हो गया हमारा खत्म पूरा तो हमारे किल की शुरुआत हो चुकी है अब तो देखते चलो इसको लूट लेता हूँ फिर इसके बाद मैं देखता हूँ आगे भी बंदे कुछ आवाज़ आ रही है शायद के पास है लूट लेता हूँ फिर बताते हैं पर हो अंकल तुम भी नहीं बचूंगी इसलिए दूसरा बंदा भी खत्म Okay. तीज़ी तीज़ी तीज़ी तीज़ी है और एक बंदा यहाँ पर भागता हुई मुझे लिखा हुआ है रेड डॉट रेड डॉट रेट और ये आया अरे यार मिस हो गया चलो कोई नहीं बंदा आगे भागा चलो आगे मिलते हैं इस बंदे से ये बंदा कहाँ पर जाता है पर तो गए जा रहा था अभी यार तो ये यहाँ पर वहाँ पहुंचने तीनों बंदे का तो मैंने एक पटाई थी जिसमें तीनों बंदा को मैंने मार दिया ब्लॉग पटा से सब्सक्राइब कर दिया